रा यह है इति है यह मेरा तुम हम मिले यू ही बहती रह धारा तेरा यह है तारा तेरा यह है, है यह मेरा जलधारा रहना तेरा निशल मेरा ये चला चल रह जो तेरे घर में क्षय हो है इति है यह मेरा तुम हम मिलो ही बहती रहे धारा तेरा यह है इति है यह मेरा